असलम तो अभी वक्त आ गया है कि उन सब को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए और जो मुझे बहुत ज़्यादा ताने देते हैं वो पिछली किसी का नाम तो नहीं लेने वाला से हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं और समझते हैं कि यार तुम कामयाब नहीं हो पाए हो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ के अंदर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा बल्कि तुम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम लोग लोगों को ताने देते हो और ये ताने हाँ और मैं आपको एक और मज़े वाली चीज़ बताता हूँ कि ये जो चीज़ हुई है ना ये मेरे साथ नहीं हुई है बल्कि पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होती है और अभी भी हो रही है क्योंकि वो मुझे देखते नहीं है वो मेरी वीडियोस नहीं देखते और ना ही वो कमेंट करना पसंद करते हैं एक होता है ना कि हेटिंग वाला कमेंट्स कर दिया एक बंदे की पॉपुलरिटी बन गई तो वो लोग समझते हैं और वो लोग जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे और वो वीडियोज़ नहीं देखते बल्कि वो मुझे सिर्फ ताना देते हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और आई लव इट और मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ऐसे लोगों को जो मुझे ताना देते हैं क्योंकि वो ख़ुद ही बेवकूफ़ इंसान है मान लो कि ट्वेंटी वन सेंचुरी के अंदर कोई बता सकते हो कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लग रही हो और आप उसे छोड़ सकते हो कैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यूट्यूब की यूटूब इज़ द बेस्ट टीचर इन दर्ल्ड तो यूट्यूब ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है और जो कुछ मैंने सीखा अपने इन तीन चार सालों में या पाँच सालों में और उस चीज़ को मैं अगर बता रहा हूँ किसी चीज़ को या उस चीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरे दो व्यूज़ तीन व्यूज़ या पांच या छह व्यूज़ आते हैं इन पांच सालों में भी पाँच सौ से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के बाद भी तो क्या मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ कई सालों से किसी भी बंदे का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाता है वो उस टेक्नोलॉजी से उस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इंट्रोड्यूस होता है उसको पता होता है कि इस चीज़ के अंदर क्या है इस चीज़ के अंदर क्या मिलने वाला है बेशक मेरी कामयाबी दूर है मेरी आजमाइश हो रही है अल्लाह मेरी आजमाइश ले रहा है और मैं बेहतरीन तरीके से ये जानता हूँ क्योंकि किसी भी कामयाब शख्स के पीछे ना उसकी मेहनत उसका स्ट्रगल होता है लेकिन अल्लाह कहीं ना कहीं इम्तहान भी लेता है कि ये मेरे लिए मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा इम्तहान हो रहा है और मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता क्योंकि इम्तिहान तभी होता है या नेगेटिविटी तभी आती है जब आप कामयाबी के काफ़ी ज़्यादा करीब होते हो ये मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है अगर मैं आपसे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अगर बात कर रहा हूँ कैमरे की आँखों में आँखें डालकर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कैसे हो पाया है विथ यूट्यूब एक ऐसा बच्चा सोलह सतारह साल एज हो उसको अकल नहीं आई वो कभी सोच नहीं पाता था ढंग तरीके से लोग उसका तभी भी मजाक उठाते थे कि ये सोच नहीं पाता है लेकिन आज जब वो सोच पाता है जब वो लोगों को उनका जवाब दे पाता है और उनके मुवादल, उनको ऐसी चीज़ें बता देता है ऐसी गाइडेंस दे देता है जो लोग सोच नहीं सकते हैरानों परेशान रह जाते हैं आज वही लोग भी नेगेटिविटी का लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं नेगेटिव चीज़ें बताते हैं तो मेरे लिए कामयाबी वाली चीज़ हुई ना कि मैं कामयाबी की मतलब मैं सही रस्ते पर जा रहा हूँ मैं कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और मुझे इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं इन लोगों से ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर तुम लोगों को देखोगे ना लोग जो आपका मजाक उड़ाएंगे गालियों से होता होगा नहीं आपको पता है ज़माना सयान है पुराने ज़मानों में हिस्ट्री में को अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग मजाक कैसे उड़ाया करते थे लोगों को फंसी देकर उसका मजाक उड़ता था लोगों की लाशों के ऊपर लोगों का मजाक उड़ाया गया कुछ ऐसे अच्छे लोगों का जिन्होंने कम्युनिटी में एक अच्छा काम किया है और मैं मैंने ये भी देखा कि ऐसे लोग भी हैं जो कामयाब हो गए लेकिन फिर भी उनका लोग मजाक उड़ाते रहे क्यों डैट मींस वो एक गलत बात करते हैं ना किसी तरह कि यार वो हो गया हम नहीं हो पाए ए, उसको इतने साल हो गए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे अच्छा गाइड भी करते हैं अच्छा समझाते भी हैं और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे और मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ और तुम लोग समझते हो अगर कि मैं कामयाब नहीं हो सकता डैट मींस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम क्या कर रहे हो तुम गलत रास्ते पर हो तुम्हारे नज़रिए में और वो कुछ ऐसे लोग जो सीधा सीधा ही ताना देते हैं अगर उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम आओ ये यूट्यूब ओपन है आप लोगों के लिए ये इंटरनेट ओपन है आप आओ करके दिखाओ होकर दिखाओ कामयाब अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है आई नो नहीं होगी क्योंकि कहना आसान है और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं मैं उनको दोस्त भी कहता हूँ कि है तो वो रिश्तेदारी के यार तुम कामयाब नहीं हो सकते हो यार बहुत ज़्यादा लेट हो गई है कंपटीशन है और मैं रिसेंट कुछ मैंने ऐसे दोस्त भी बनाए हैं जो क्या करते हैं बस काम पर आए हैं लेकिन अगले बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी कोई जॉब ले ले, हालांकि वो ऐसा नहीं है और रिसेंटली मेरे साथ आज ही ये वाक़ हुआ भी कि, किसी ने शिकायत लगा दी तो मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो रेलिवेंसी बनाना ही नहीं चाहते जब तक एक आप अच्छा कनेक्शन नहीं बनाओगे किसी के साथ एक तो आप लोग काम नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी मैं लाइक like, अपने फैमिली बिज़नेस के साथ अभी सीख रहा हूँ कि भाई उनका बिज़नेस क्या है मैं फ्रूट मार्केट आड़ती बना जा सकता है तो वो वो भी वाइफ्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप अपना काम करते रहो मैं अपना काम करता रहूँगा लोगों को एजुकेट करना